दोस्तों देखिए की कि किस तरीके से यहाँ पे दिल्ली में ये साग जो होता है अपना हरा-वाला बेचा जाता है देखिए सरसों का साग है ये भी।, भी है मूली भी है इनके पास इस तरीके से कटिंग करते हैं ये इसकी